बाप रे, आ गई। औरे भाई, औरे बाबा। वाओ। ठाकर। ठाकर। ठाकर। ओ, लो, चलो दोस्तों देखते हैं गए कौन आने वाले गेम में चढ़ा गया गेम में रे, दी दी आ गई ओरे भाई तेरी दिन के ब्रो, मेरे। वो इधर इधर इधर इधर और बाप मजा भाई। भाई कॉल करके और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी दोस्तों का मेरे ऐसे ही तो नेट लागे भाई साहब आई रुको पड़ेगा। किस तो तो नहीं नहीं पहली बार इन हाउस। गाइस कभी कभी ऐसा हुआ उठा लिया। अरे खत्म बंदा बंदाई अरे भाई बंदे बंद ही देखो दोस्तों मेरे, नहीं है। भाई। अच्छा नहीं रहा है मेरे पास है? अच्छा भाई नहीं भाग ला भाई अच्छा करने यार कोई भाग रहा है भाई में कोई पे पे यार दोस्तों मेरे अच्छी भी नहीं यार। बार बार बार कुछ नहीं बार जा। तो है तो हेलो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बीसीएम के बारे में तो बीसी बहुत सारे गेम खेल सकते हो इधर प्रेडिक करके आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो यहाँ पेम फ्रेन आपको आईपीएल में भी आप प्रेडिक करके विन कर, सकते guys, so कर रहे हो जाओ सारे बंदे आईपीएल मैच में भी प्रेडिक करो बीसी एकदम ट्रास्टेड प्लेटफॉर्म है एंड आप इधर मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा थ्री हंड्रेड परसेंट एक्स्ट्रा बोनसिंक कमेंट बॉक्स में सो जाओ गाइड जल्दी से एंड खेलो गाइडिया पर आगे मेरे पास भाई एक गन अच्छा दे यार करीना खेल देगा मेरे को यार यार लग रहा है गाइस मैं मैं गए कमरे पूरे स्क्वाड मेरे नीचे भाई भाई वो मेरे को मौत जैसे भाई मंडरा रहा है क्या बोल दूं इसका मेरा लग रहा है मेरे भाई मौत पास में ही कोई बता ये भाई तो अच्छा गन नहीं है यार पूरे स्कॉल से भाग रहा है यार वो भी गया, गया दोस्तों एक काम कर दे मेरे बेस्ट कॉर्ड मेरे पास है इससे। डबल कैल। कितने हो गए? फोर सुंदर्स एक है ये। आई सुंदर्स दिल से लग रही है भाई। और दाल ओपे। वाह। ट्रिपल कैल। ओ। ओह। सुंदरी डम्प, सुंदरी डम्प। सुंदरी डम्प। ओह। ओपे। लूट जा भाई। लूट जा भाई। आधा दस लूट लेता फटक जाए भाई भाई एक कैच ना चला म मैं तो तो यार। मैंने अभी बंदा बंदा बंदा है। है।, है। दोस्तों तो इसको अभी तो मारा खड़े मैंने। भाई साहब क्या भाई अभी नहीं भाई मारक क्षेत्र लेते रहूँगा कितना काम लेता है यार नहीं रहूँगा दोस्तों में अरे इसका तो एक का ही। भाई अरे तो अरे ये मैं आदर भाई क्या मार रहा है मुझे तो ते तेरे को ऐसा ऐसा मार पड़ेगा दोस्तों बहुत खुश रहा है भाई अरे बना गया दूसरा भी। nice mera net laga gaya oi mera net laga gaya oi nahi bhai ye to mota yaar aage chala chalta rahe saathi chala chala chala are oi maar diya yaar mere ko oi nahi bhai upi laga upi yaar kaise wo one please you inform us yaar oi sudhi ho sudhi down फिर लग दे भाई दे? तो भाई पे गया? भाई क्या डाल में एक गोली बलिका थोड़ा ना इधर बाप रे। रहे रहे दोस्तों क्यों प्रेसरे घंटा मारूंगा मैं बंदे बंदे बंदे बंदे बंदे बंदे एक बता आप आ गया यार भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग मारना पड़ेगा तो मेरे को ऐसा हो रहा भाँवारे। भाँवारे, भाँवारे, भाँवारे, भाँवारे, भाँवारे, भाँवारे, है उठना पड़ेगा दोस्तों चार सामने बंदा है बंदा मर जाए प्रसा मेरे पास भाई तो इसका हेड क्यों नहीं लग रहा भाई मर भी जाए यार। तो क्या है है? है? है? भाई, भाई भाई मार पड़ेगा थोड़ा तो बंदे बंदे बंदे अब सुनीता मार रही है भाई सुनीता मार सुनीता इस पर सामने पूरा मेरे सामने नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आगा। आगा। भाई, एक का थोड़ा मेरे थो को क्या मारा भाई अरे भाई अरे भाई अभी तक जिंदा है कौन है आप भाई किसने मारा मेरे गया बनता है बंदा बनता है बंदा बंदे बंदी है तो बंदा ने बंदी है चलो दोस्तों अभी डालोगे खत्म कर 1v3 सीजन लास्ट शायद सुंदर जी के पूरे से बड़े देखते देख से गए भाई अरे भाई सुंदर जी को किसने मार दिया चलो दोस्तों देखा वन में आने वन में दोस्तों कौन है जिंदा सुंदर जी अभी मारे गया बंदा भाई अभी बता दो दोस्तों क्यों हो सकता है ज़्यादा कुछ नहीं करता यार आखिरी बंदा ओये हेड पड़े इसको अच्छा भाई भाई मैं कर सकता हूँ ओह यस भाई फोर टॉर्च मॉड क्या करते हैं यस यस यस यस यस यस भाई दोस्तों यस इसी बात पर लाइक मारो शेयर मारो दोस्तों यार यस भाई यस